स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू बैच मिस्टर चटर्जी के साथ एडवांस एक्सेल की हमने इससे पहले क्लासेस में हमें आपको इंट्रोड्यूस किया था कि आके एक्सेल का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं कहां कहां करते हैं और कैसे करते हैं राइट सर राइट अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं हम बात करेंगे इसमें कि मेनू के हिसाब से शुरू करेंगे हम सबसे पहले आते हैं फाइल मेनू बार राइट Right. मेनू बार आप देखिए कौन सा ऑप्शन किस मेनू बार में मिलेगा वो भी एक बार, बार जान लीजिए जैसे कि आपके पास आ, कोई ऑप्शन है जो मोस्ट यूजेज है फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड है वो आपको होम में मिलेगा अगर कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं पिक्चर हो या चार्ट हो या पीवर्ड हो इंसर्ट वर्ड जहां पर आता है वो टॉपिक आपको इंसॉर्ट मिलेगा पेज की जो सेटिंग है पेज की जो सेटिंग है पेज से रिलेटेड जो सेटिंग है, वो आपको पेज लेआउट के अंदर मिलेगा और ऑब्वियसली ऑबियसली फॉर्मूला मिलेगा। डेटा से रिलेटेड कोई टूल्स है जैसे कि डेटा वैलिडेशन हो गया टेक्स्ट टू कॉलम हो गया एनालिसिस हो गया कनेक्टिविटी हो गई ये सब डेटा से रिलेटेड चीजें हैं वो आपको कहां मिलेगा डेटा मिलवा रिव्यू प्रफिंग रिलेटेड जो चीजें हैं जैसे कि स्पेलिंग चेक करना रिसर्चेस करना कमेंट डालना ये चीजें आपको रिव्यू में मिलेगा। और जो विंडोज की रिलेटेड है वो आपको में मिलेगा। अब ऐसा हम आपको तो वर्किंग है आपको तो जरूरत नहीं है लेकिन ऐसा इसलिए हम बताते हैं है कि जो न्यू स्टूडेंट होते हैं जिनको इंटरव्यू करेक्ट करना होता है तो उनके लिए मैटर करता है जैसे कि अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं, उसमें पूछा कि यार तुम डेटा वैलिडेशन लगा के बताओ अब डेटा डेटा वैलिडेशन वैलिडेशन के लिए आपका कर्सर में पे जाना चाहिए। hmm. लेकिन आपने इंसर्ट तो सामने वाला पोर्सन समझ जाता है no मैंने right. जैसा कुछ होगा बोले, थी तो बोले मजे से ऐसा बोल देगा इसलिए ये बहुत मैटर करता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन किस मेनू बार में है तो कभी कभी हम भूल जाते हैं तो जो ऑप्शंस की प्रॉपर्टीज के बारे में प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो हम समझ जाएंगे भाई हमें क्या करना है पिक्चर लाना है तो पिक्चर इंसर्ट करना है इसका मतलब इंसल्ट में होगा तो अगर मैं बता रहा है कि इंसर्ट में अगर कमांड जाता है हम पे पी कर्सर रख दे तो भी समझ जाता है कि हाँ उसको पता है कि पिक्चर इंसर्ट में है पास मैं सर तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं जब हमारे स्टूडेंट इंटरव्यू देने जाते हैं लेकिन आपको वर्किंग है आपको इसकी जरूरत नहीं है लेकिन आपको जरूरत कब पड़ेगी जब आप किसी का इंटरव्यू लेंगे अगर किसी का इंटरव्यू आप लेते हैं एक्सेल पे और आपने बोला कि चलो भाई एक काम करो मुझे फ्रीज पेंस करके दिखाओ तो फ्रीज पेंस जो किससे रिलेटेड है व्यू से रिलेटेड है तो व्यू मेनू बाद में, में होगा अगर उसने व्यू पे जाके डायरेक्ट क्लिक किया इसका मतलब है कि वो फ्रीज पेंस के बारे में जानता है अगर उसने अगर पेज ले में या फॉर्मूले में क्लिक करके तब व्यू में गया इसका मतलब है कि वो तुक्का मार रहा है अंदाजा लगा रहा है ठीक हाँ, मतलब, तो मतलब है कि विलुकअप कई बार लगा रखा है तभी इसको इसमें जानता है तो हमें उसको ये नहीं कहना होता है तो भले मतलब ही ही वो बट इसलिए मैटर करता है तो आप जब तो किसी का इंटरव्यू ले तो आप इन चीजों पर भी गौर कीजिएगा ठीक है ठीक ठीक